मुझको दे तू मिट जाने के नाम मुझे जब से दिल को मेरे तू लगा है निंदरा तो की मेरी शहबा तो की मेरी चैन को ही मेरे तुमने क्यों उठगा जब सास भरू We uh were. -huh. बहकता है बहकता है आज तू तु मेरा तुम बदल मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में मेरी कसम तुझको कुसम दूर कहीं ना जा ये दूरी मेरी सुनी तुझ कुम करू हासिल लगी है